राजस्थान के जयपुर और अलवर के बीच पड़ने वाला भानगढ़ जो कि भारत की सबसे खतरनाक और भूतियों जगह में से एक माना जाता है लोगों के मुताबिक सोलह शताब्दी में यहाँ एक तांत्रिक रहता था जिसको सिंघिया नाम से जाना जाता है इस तांत्रिक को यहाँ की राजकुमारी रत्नावती से प्रेम हो गया था और वो रत्नावती को किसी भी कीमत में पाना चाहता था लेकिन राजकुमारी होने के कारण वो रत्नावती का कुछ कर नहीं सकता था एक बार रत्नावती की सहेलियाँ उसके लिए बाजार से केस तेल लेने गई और उस तांत्रिक ने उस तेल की बोतल में काला जादू कर दिया जिससे कि राजकुमारी उसके पास सीधे खींची चलिया है लेकिन फिर अचानक आंगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें